मंदसौर से किसान के खेत में हरे वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि खेत की जमीन को लेकर विवाद था जिसके चलते सितंबर में फरियादी के पक्ष में आदेश सुनाया गया था लेकिन एक बार फिर यह विवाद खड़ा हो गया है मंदसौर के करजू ग्राम से एक मामला सामने आया है जहां फरियादी मांगीलाल ने तहसीलदार मंदसौर कार्यालय में आवेदन पेश किया था कि उक्त कृषि भूमि उसके नाम है जिसे लेकर गाँव के ही तीन लोगों से उसका विवाद चल रहा है जिसके बाद सितंबर में फरियादी मांगीलाल के पक्ष में फैसला सुनाया गया था लेकिन अब प्रार्थी मांगीलाल ने गढ़पत अर्जुन पर हीरा लाल के विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवेलना करने और प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप में कहा है कि मेरे खेत पर हरि वृक्षों की कटाई की गई है इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की गई है हमारी जमीन पे पेड़ पौधे और पौधे गए और, और गेहूँ और प्याज की फसल बर्बाद की गयी है न्यायालय का आदेश का उल्लंघन किया गया है गणपतिशन लाल के द्वारा और